टोयटा जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन्होंने ही इन्वेंट किया था क्यूआर कोड जी हाँ बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिजिटल इन्वेंशन कैसे कर सकता है जैसे कि हम जानते हैं कि आज की डेट में क्यूआर आर कोड लिटरली हर जगह यूज होता है आप इसे छोटे शॉप ऐसी लेके बड़े बड़े मॉल्स में देखते होंगे ये दरअसल इसलिए बनाया गया था क्यूँकी पुराने बारकोड स्कैनर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होल्ड कर पाते थे तो टोयटा वालों ने बस इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्यू कोड को बना दिया लेकिन सोचने वाली बात ये की ये एक्चुअली में इन्वेंट हुआ था नाइनटीन में और इसे लोगो के बीच पॉपुलर होने में छब्बीस साल लग गए आप खुद बताओ आज से चार पांच साल पहले कौन ही यूज करता था क्यूआर कोड को और आज देखो हमें दिन में कितनी बार यूज कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि अगर कल को बाटा कंपनी पब्जी जैसे गेम बनाने लग गई तो हमें शॉक होने की जरूरत नहीं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी बताइए